नमस्कार स्वागत अभिनंदन वृषभ राशि के जात को फरवरी का ये माह क्या कुछ नई उपलब्धियां आप लोगों के लिए ले करके आया है क्योंकि शनि का भी अब राशि परिवर्तन हो चुका है तो इन सभी विषयों पर हम आज प्रकाश डालेंगे कि फरवरी का माह आपके लिए कैसे अनुकूल हो सकता है इस माह को शुभ और प्रभावी बनाने के लिए जो दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग हैं इस पर हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे दर्शकों कि 22 और 23 फरवरी को दिल्ली आगमन हो रहा है तो आप लोग आ करके हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं इसके साथ साथ इस माँ के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो आइए वृषभ राशि के जात इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले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 तो दर्शकों व्रत एवं त्यौहार के बाद आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वार्षिक राशिफल वृषभ राशि के जातकों का 2020 हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी पड़ चुका है कैरियर राशिफल प्रेम राशिफल आर्थिक राशिफल ये इंडिविजुअल बना करके हमने आप लोगों के लिए जो है अपने चैनल पर पहले से ही पोस्ट कर दिया है आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो जो फरवरी का ये माह रहेगा ट्वेंटी जी हाँ नया साल का दूसरा माह कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए मिले अनुभव लेकर के आया है माह का जो पूर्वार्ध रहेगा इसमें थोड़ा सा आपको अपने करियर के प्रति सतर्क रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं 13 फरवरी से सूर्य देव का जो गोचर होगा ये कुंभ संक्रांति जिसको बोलते हैं जो हमने आपको बताई है तो परिवर्तन जब सूर्यदेव का होगा तो ये परिवर्तन आपको पदोन्नति के साथ साथ आपके अधिकार में आपके पद में आपके प्रभुता में वृद्धि का आ, मतलब सूचक है ये आपको वृद्धि दिला रहा है वहीं 8 फरवरी को मंगल के गोचर के बाद व्यापार के सिलसिले में आपको कोई लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है और इन यात्राओं से आपको लाभ होगा विद्यार्थियों को बुद्ध की दशम भाव में उपस्थिति अच्छा लाभ देगी जी हां कोई रिजल्ट वगैरह होगा पेंडिंग होगा आपके पक्ष में आएगा कोई नई नौकरी का सृजन वृषभ राशि के जातकों के लिए इसमां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके अलावा एक बात और बता दें ये जो उत्तरार्थ रहेगा स्टूडेंट्स के लिए सफलता का सूचक है पूर्वार्थ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है आपके कॉन्सेप्ट भले ना क्लियर हो लेकिन उत्तरार्थ आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा फरवरी का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा लेकिन आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां हो सकती हैं फरवरी का यह माह वृषभ राशि के, के जातकों के लिए नए प्रेम के आगमन का जो है सूचक है 8 फरवरी तक मंगल का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकता है जीवन साथी के साथ आपके बाद विवाद उभरकर सामने आ सकते हैं लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब हो सकती है वहीं तीन फरवरी को शुक्र का गोचर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे 29 फरवरी को शुक्र देव का गोचर आपके खर्चों में फिर वृद्धि कराएंगे इधर जो शुक्र देव आपको देंगे तो उधर वो दूसरी तरफ से ले लेंगे इस महीने स्वास्थ्य मुख्य रूप से आपका अच्छा रहेगा बस आपको आठ फरवरी को मंगल के गोचर के दौरान थोड़ा सा सावधानी रखनी है वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाइएगा दूसरा कि अगर आप क्या कहते हैं बाहर निकलते हैं तो रोड वगैरह जो क्रॉस करते हैं इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा गाड़ी चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग आप लोग जरूर करिए इस माह में वृषभ राशि के जातकों में जो है सफलता पाने से उत्साह ज्यादा रहेगा राजकीय सहयोग उच्चाधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा शासन और सत्ता से भी लाभ मिलेगा किसी नए पद और प्रतिष्ठा में आपके इजाफा हो सकता है कोई प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी आर्थिक स्थित सुदृढ़ रहेगी पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा जो भी आपने बैंक वगैरह से लोन वगैरह आपने लिया है तो इसको चुका पाने में काफी हद तक की आप लोग सफल रहेंगे दर्शकों इस माह कुछ आप लोगों को मौसमी जो है आ, क्या कहते हैं बीमारी घेर सकती है तो बुखार से ज्वर से आपको बचना रहेगा स्वास्थ्य में सुधार होगा भाग्योन्नति एवं पदोन्नति का सुख रहेगा जी हां बार बार ये हम पदोन्नति क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस माह आपका प्रमोशन होना ही होना है जो प्रमोशन इतने समय से लटका आ रहा था वो अब जाकर के आपको मिलेगा शनि का गोचर जो ये रहेगा थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा थोड़ा सा रहेगा हमने वो जो वीडियो बनाया हुआ शनि से संबंधित आप लोग जाकर के देख सकते हैं आपके कार्यों में शनिदेव कुछ बाधा ला सकते हैं धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा धार्मिक कार्यों से आपकी विरक्ति हो सकती है आपको कुछ बंधन का और कोई आपके ऊपर मिथ्या या अनर्गल आरोप भी लगा सकता है आपको देखिए उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले अरिष्ट निवारण के लिए पीपल के वृक्ष पर आपको जलार्पण करना रहेगा क्योंकि अब शनि की ढैया भी जा चुकी है तो दशरथ के शनि स्रोत का कोई पाठ अभी मत करिए लेकिन आप पीपल के वृक्ष में यदि आप प्रतिदिन जल जा कर के चढ़ा देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दूसरा आपको करना ये रहेगा कि केसर का तिलक मस्तक गिब्बा नाभी पर ये आपको लगाना रहेगा प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की आपको पूजा उपासना करनी रहेगी श्री सूक्त तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना रहेगा श्री सूक्त तो आपको डेली पढ़ना है और विष्णु सहस्त्र नाम जो है बुधवार और बृहस्पतवार के दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना रहेगा साथ ही साथ इस माह किसी को पैसा आपको उधार देने से बचना होगा इस माह के लिए जो सर्वथा शुभ दिवस हैं ये कौन कौन से हैं तो एक तारीख तीन तारीख तेरह तारीख चौदह तारीख सोलह तारीख तेईस तारीख चौबीस तारीख पच्चीस तारीख उनतीस तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे इन दिवस में यदि आप कार्य करने जाते हैं तो आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो पाँच तारीख सात तारीख नौ तारीख ग्यारह तारीख पंद्रह तारीख अट्ठारह तारीख 20 तारीख 28 तारीख ये जो दिवस रहेंगे आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे इन दिवसों में किसी शुभ कार्यों को शुरू मत करिएगा वहीं आपके भाग्यशाली यदि हम कलर की बात करें तो इस माह ग्रीन कलर और वाइट कलर आपके लिए सर्वथा लकी रहेंगे भाग्यशाली रहेंगे भाग्यशाली अंक पर आ जाते जो लोग फॉरन वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लॉटरी लो लो लो भी लेते हैं तो अंक दो और अंक सात इस माह आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेंगे देखिए दर्शकों आपकी वृषभ राशि है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये राशिफल आप पर 100% सटीक बैठे ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपके जन्म कब हुआ था आपके जन्म का समय क्या था आपका बर्थ प्लेस कहा था उस आधार पर कुंडली तैयार होती है जी हाँ जिसको जन्म कुंडली बोलते हैं तो वास्तविकता तो वो कुंडली देख करके ही पता चलेगी कि वर्तमान में आपके जीवन में क्या भूचाल आया है या क्या खुशहाली आई हुई है तो यदि आप लोग भी दर्शकों चाहते हैं कि आपके जीवन में वास्तविक रूप से क्या चल रहा है और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं तो अपनी कुंडली का तो सबसे पहले आप लोग हमारी सलाह है कि आप लोग विश्लेषण करवाइए आप किसी से भी करवा सकते हैं एक स्वाईजेट कोई भी वो पर्सन हो सकता है आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति क्या है उनकी महादशा क्या चल रही है सब डिविजनल क्या पोजीशन है अष्टक वर्ग में क्या पोजीशन है तो दर्शकों कुंडली देखकर के काफी कुछ चीजों का पता लग जाता है जो वर्तमान में गोचर हुआ है ये आपके ऊपर कितना सटीक बैठेगा तो इन सभी स्थितियों को जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क करके करवा सकते हैं दर्शकों समय बहुत बलवान होता है मनुष्य बलि नहीं होते समय हो तो बलवान तो कब किसका समय आ जाए तो कुछ उपाय होते हैं ज्योतिष उपाय होते हैं इनको करके आप लोग जो है अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं दिल्ली आगमन हो रहा है पुनः 22 और 23 फरवरी को दिल्ली में रहेंगे तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आस के क्षेत्र से हैं आप लोग मिल सकते हैं और मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों प्रतिष्ठित यदि आपको रत्न चाहिए रुद्राक्ष चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा देंगे लेकिन दर्शकों यहाँ पर कोई ऑनलाइन जो है शॉपिंग चैनल तो है नहीं आपने एक तरफ ऑर्डर किया दूसरी तरफ आ गया तो यदि अच्छी चीज़ें चाहिए तभी आप लोग संपर्क करिएगा बाकी तो जो है काफ़ी कुछ दिल्ली में या कहीं भी इंडिया में मंडी है ही है वहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं प्रोग्राम हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो पुनः आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार